आशिया बैंक आरी आर एश टीम बोलता है और कौन है वन रोड मान देव बोल बोल अब पांच बोल आगे तुम लेट ना मैं अभी बोलूंगा तो तो नहीं अभी क्या करता है वो उसने लाइट कर रहे यहाँ पे हम बताओ में आई सी आई आर में टी में है अभी हम खेलने आए हैं ये देख लो बैट और बॉल और, और हम जाने या या जा रहे हैं हमारे हम कमरे में लगे से, तो से कमेंट करके जरूर बताइए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हर एक चीज आराम से हाँ ये संस्था है बैंक के द्वारा पे सब कुछ फ्री अवेलेबल है तो खाना पीना रहना सब कुछ है आप सामने मीटर <laughs> अब्दुल कलाम जी क्या हो रहा है यहाँ पे आपके यहाँ से अब्दुल भाई क्या फील कर रहा है यहाँ पे <laughs> हाथ तो मिला दे गुस्सा हो रहा है so, अभी कहा पे यार ये बता सकते हैं अरे यार वीडियो की एडिटिंग क्या करी है आत्में लिखुआ, लिखुआ, आत्में और ठेठ सब कुछ पूछेगा टूल टूल किट किट ट काम इसके लिए कौन ताकि कुछ सर्टिफिकेट मिल सके बता सके कि मैं कुछ काम करना है एक भी मैं थोड़ा बताऊ की तो कोई सर्टिफिकेट हो कोई मतलब